तो यार, कैसे हो आपकम बैक माई न्यू वीडियो सोयर यार तो सारे अच्छे हो गए सो so, इस वीडियो में मैं आपका एक डाउट क्लियर करने वाला हूँ कि आपकी वीडियो का लेंथ आप कितना रखोगे इस कि वीडियो को वायरल होने में एंड उसमें फुल वॉच टाइम आए तो यार इसके बारे में इसको क्लियर करने वाला हूँ इस वीडियो में सो so, यार वीडियो में आगे से पहले अपने भाई का नाम भी जान मेरा नाम है हरशान आप देख लो हरशान चलो वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं सो यार आपकी वीडियो का लेंथ कितना होना चाहिए उसके पहले आप इस वाली वीडियो को देखते इस वीडियो का लेंथ चार मिनट है एंड इस पर व्यूज़ है वन थाउजेंड जस्ट इस वीडियो को डाले एक दिन हो चुका है पूरा एंड इस वाली वीडियो की लेंथ है पाँच मिनट एंड इस वीडियो को डाले हो चुके हैं बारह घंटे यानी कि उसका हाफ वनडे हाफ टाइम हो चुका है एंड इस पर है थ्री लैख प्लस व्यूज़ तो क्या हमें फाइव मिनट का टेन मिनट का फिफ्टीन या ट्वेंटी मिनट का वीडियो डालना चाहिए नहीं मेरे भाई एक बार इस वीडियो का लेंथ भी देख लो चलो इसका फिफ्टीन मिनट लेंथ है और इसके ट्रगर इंसान यानी हमारे नीचे यानी डाला है व्यूज हैं एंड इस वीडियो का फिफ्टीन मिनट है सो तो आप लोगों के मन में एक बात आ आई होगी कि जितना ज़्यादा वीडियो का लेंथ रखेंगे उतना ज़्यादा सी आर उतना ज़्यादा वर्ष टाइम और उतना ज़्यादा उतना जादा जल्दी हमारा वर्स्ट टाइम कम्प्लीट होगा काफ़ी लोग ये सोचते हैं चार घंटे का वर्ष टाइम कंप्लीट करने के लिए हम जितना लंबा वीडियो का लेंथ रखेंगे उतना जल्दी हमारा चार घंटे का वर्स्ट टाइम कम्प्लीट होगा ऐसा नहीं है मेरे बार क्योंकि सामने वाले को मैटर करता है कि उस वीडियो में कितना बोरिंग लग रहा है यह वीडियो या फिर उसे इंटरेस्टिंग लग रहा है अगर आपने पंद्रह मिनट के वीडियो में कुछ नहीं किया है सिर्फ फालतू बकवास ही की है तो वीडियो को सामने वाले को बिल्कुल पसंद नहीं आएगी एंड वो वीडियो को क्यों ही देखेगा अगर अदरवाइज अगर आपने तीस मिनट का भी वीडियो बनाया और अगर आपने पूरी वीडियो में एक भी सेकेंड फालतू बनाई मतलब वीडियो एक बीस सेकेंड के लिए फालतू बात नहीं की उस वीडियो में तो यार वो बंदा उसे पूरा देखेगा अगर उसे कुछ सीखना है तो अदरवाइज़ यार आपको वीडियो में एक चीज़ समझा रहे हो आप किसी वीडियो में एंड आपको उसको समझाने में जितना टाइम लगता है उतना टाइम लो यार मैं बोलता हूँ मेरे को एक वीडियो में किसी चीज़ को समझाने में मिनिमम पाँच मिनट लगते हैं तो मैं इतना ले लेता हूँ अदरवाइज़ मैं दो मिनट का वीडियो भी बनाता हूँ ज़्यादातर मेरी वीडियो दो मिनट का ही है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि सामने वाले का मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट करूँ इसलिए मैंने शॉर्टफॉर्म में आपको बता दिया यार कि क्यों बोल रहा हूं कि आप अपने हिसाब से वीडियो का लेंथ रखो वीडियो के लेंथ से कोई मैटर नहीं यार अपना तो आपका उस टाइम कैसे बढ़ेगा या वर्ष कई वर्ष आप, प्रौस्ट यार आप यार सामने वाले का टाइम दे वो, वो दो इंपॉर्टेंस सामने वाले के टाइम को इंपॉर्टेंस दोगे ना तभी वो आपको इंपॉर्टेंस देगा अदरवाइज अगर बात अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो और चैनल पर नीचे उनको सब्सक्राइब कर दो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय